I need you. बटी बैठे सुखगंधा आदत करत भक्त मुनि बृंदा पांच बटी बैठे सुखगंधा आदति करत भक्त मुनि बृंदा चरणों कीरज शीस मली आदि इससे कुछ खेल दिखा घनि करे जो लीला में बोनर चर कहलाए सीता हरण का संवाद आप लोग शांतिपूर्वक देखिए और सुनिए आरिशूर बनाया है और न मेरे समान सुंदर कोई नारी लगता है मेरा तुम्हारा जोड़ा बड़े सोच विचार कर बनाया है बाल तुमको देती हूँ मैं आज्ञा तुमको देती हूँ मुझसे गंधर्विबा कर इसलिए हे राजकुमार जी आप मुझसे शादी कर लीजिए हे सुंदरी हम कुमारे नहीं विवाहित हैं फिर एक नारी व्रत रखते हैं अपनी को छोड़े अन्य सबको अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते कभी नहीं हम आर्य पुरुष हैं आर्य धर्म हम आर्य पुरुष हैं आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं मेरी तो शादी हो चुकी है तुम तो मेरे छोटे भाई के पास जाओ हो सकता है वो तुमसे शादी कर ले ठीक है आप कहते हैं तो मैं उनके पास चली जाती जाते छोटे कुमार जी मुझे दे तुम्हे हंसते हो बे तोहे व्याए किंतु बे तो हैं व्याए हुगे किंतु तुम कुआरे अभी दीख दे बनी बनो तुम बना बनो में बनी यह चोरा भी कुछ बुरा नहीं हे लखनलाल जी कर लो ना शादी सेवक हूँ भला सेवक के पास रहकर तुझे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है प्रभु श्री राम समर्थ हैं वो जो चाहे सकते हैं आप तो उन्हीं के पास जाओ वो तुमसे शादी अवश्य कर लेंगे ठीक है तो उनके पास चले जाती हूँ आप मुझसे शादी कर लीजिए मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी हाथ दबाऊंगी पैर दबाऊंगी सर दबाऊंगी खाना पकाऊंगी पहला खुद खाऊंगी पीछे के पीछे आपको, आपको खिलाऊंगी कर लो ना शादी कर लो ना की हामी भरली बहुत अप से उधर भेजी महाराज इधर से उधर भेजी दिल लगी उड़ाना तो मना कर रहे हैं आप ही कह लो शादी नहीं नहीं सुंदरी तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ वो तुमसे शादी अवश्य कर लेंगे हे लखनलाल जी कह लो शादी वही शादी कर सकता है जो बिल्कुल निर्लज है कुल कलंकनी पिशाचनी हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षण से कह बह कर दे कहीं तेरा यदि विवाह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर वही आराध्य देवता है उससे सुख की आशा कर इस भांत व्यर्थ फिर इधर उधर इस भांत व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है निज पिता और निज भरता का व्यवचारण नाम दुबाती है चल हर्ट यहाँ से अब खिसियान राम बढ़ गई रूप की बोल किस सर पर मर रहा है बहन बताओ दुष्ट का नाम क्या है चाहे वो आकाश में हो या पाताल में उसे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा और तो बहन कहा है वो मैं उसे जंगा। खा जंगा, खा जंगा खा जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा। हे हे भैया, भैया, राम लक्ष्मण नाम के दो तपसी के, पंच बटी उनके साथ में सीता नाम की नारी भी है मैं उस नारी से बनने के लिए उनके पास गई तो उसे उस तब सीने ने तेरे नाक कान के बदले में मैं उनके हाथ पां काट डालूंगा सेनापति जी सरकार सारी सेना को तैयार करो और पंचपटी पर आक्रमण कर दो जो आज्ञा सरकार शुभ नखायागे कर लीनी अशुभ रूप नाशाही कर जाई तर जही गगन उड़ाई देख कटक भट अति हर साही कर तर जही गगन उड़ाई देख कटक भट अति हर Ah ah Ah निशाचरों का कटक पंचवटी की ओर आ रहा है तुम जानकी जी को किसी पर्वत की कंदरा में ले जाओ मैं निशाचरों को देखता हूं जो आज्ञा भैया आरी देखी Let's do it. नहीं देखी या दपी तो इन्होंने हमारी बहन को क्रूप किया है फिर भी ये बालक बद करने लायक नहीं है तुम तो इनसे जाकर कहो कि ये अपनी पत्नी हमें सौंप दे और दोनों भाई पंचवटी को छोड़कर भाग जाएं जो आज्ञा सरकार सरकार जय शंकर की शिव कहो मंत्री क्या समाचार लाए हो सरकार समाचार तो बढ़िया लाया हूं अगर मान जाओ तो फायदे में रहोगे हमारे सरकार का कहना है कि आप अपनी पत्नी को हमें सौंप दो और चुपचाप अपने प्राण बचाकर भाग जाओ अनथे मौत मारे जाओगे मंत्री जी अपने सरकार से जाकर कह दो कि वो छतरी हैं और तुम जैसे राक्षसों को खोजते फिर रहे हैं हमारे सामने काल भी आ जाए तो हम पीछे नहीं हटते यदि आप लोगों में लड़ने की हिम्मत ना हो तो घर लौट जाओ हम भागे हुए शत्रु परवार नहीं करते <laughs> क्या वो से हमें ललकार रहा है हा हा हा हा हा आक्रमण! पकड़ लो और डालो हा जाओ यह सुनकर आगे बढ़ा समा धनुष बाण ले कर उठे इधर राम रघु सीता सहित आए लक्ष्मण ला सुमन बृष्टि कर देव गण बोल उठे तत्काल क्या? नाचने वाली दरबार में हाजिर हो सरकार जय शंकर के जय शंकर के नाचने वाले जी सरकार गाना हो बजाना हो गाना हो बजाना हो तुम ता तराना हो मुरझाई कलिया खिल जाएं मुर्दों की बत्ती हिल जाए ऐसा कोई तराना हो जो आज्ञा है मर गई लांगुरिया दर्द से मर गई लांगुरिया मर गई गुड़िया दर्द से मर गई लांग मारे छोनी चो बन चूर दर्द से मर गई ला महाराज बाहर जाकर देखो कौन चिल्ला रहा है महाराज आपकी बहन सूर्ख नखा जी आपसे तुरंत मिलना चाहती है उसे सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाए जो आज्ञा सरकार कहो बहन शोर है ये क्या हालत बना रखी है तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने का दुस्साहस किसने किया अरे बोली बचन क्रोध कर जन क्रोध कर भारी देश कोस के सुरत बिसारी कर पान सो बस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराधी मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही संकल्प कहाया हूँ तीन लोक चौदह भुवन में मैं ही मैं छाया हूँ मेरी इन विशाल भुजाओं ने मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है पाताल पातालो मेरे बाणों से थर रहा है मुश्या पंडित मुश्या ज्ञानी मुश्या पंडित मुशा ज्ञानी संसार में और न दूजा है मैंने अपना सिर काट काट श्री शंकर जी को पूजा है बता बहन शौर पणख है वो कौन ऐसा शोर वीर है जिसने तेरी आबरू से खिलवाड़ की है भैया सीता नमी हमराए नामी, हम नामी सुकुमारी नारी लाये नीना की समालो तुम जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा ना नाम दरा पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची मैं चला नाक की सीध अभी मैं चला नाक की सीध अभी नाक पर उनको पकड़ूंगा तेरी आ के ही आगे दोनों की नाक मकड़ दूंगा बहन शोर शौरप नाचार ये, ये दुराचार ये समाचार ये दुराचार क्या खर दोषण से नहीं कहा उसका तो वही अखाड़ा था उस भूषण से नहीं कहा बहन तू ने ये समाचार दूषण को क्यों नहीं बताया वो तो पही रहते थे हे भैया, यह समाचार लेकर के पास गई थी और उन्होंने अपने चौदह हजार सेना के साथ पंचवटी पर आक्रमण किया परंतु उस बड़े तपसी राम ने पल भर में सबको मार डाला क्या कहा खर दूषण त्रिसरा मारेगा ना का भार उतारने के लिए स्वयं नारायण ने अवतार लिया है तो मैं भी हट करके उनसे वैर करूंगा और हरि के हाथों मरकर भव से पार हो जाऊंगा क्योंकि इस तामसी शरीर से अब भजन नहीं हो सकता जब एक अकेली ताकत ने जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अब तार लिया अपना परिचय देने को ही अपना परिचय देने को ही दिख लो है युक्ति मुझे इस कारण से उनसे मिला है पिछले ऋण से मुक्ति मुझे अरे क्या नारायण का हफ्तार हो गया कौन सा नारायण कहा का नारायण कैसा नारायण मैं भी ब्रह्मा मैं भी विष्णु मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर कहाया हूँ तीन लोक शोता भवन मई मैं, मैं ही मैं समाया हूँ मेरे कहने से शूर देव मेरे कहने से शूर देव पूरब से पश्चिम जाता है मेरे कहने से चंद्रदेव देव ठंड है माता है बेकाटे बहन के नाक कान बेकाटे बहन के नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे बजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में बहन शौरपण है तुम बैठो थोड़ी धीर धरो तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं तंडक बन को जाता हूं इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता है चला अके जान चढ़ीच सिंधु तट जैबा यहाँ राम जस जुगत बनाई सुनऊ माजो कथा सुहाई जनक सुता सुन बोले कृपा हे प्रिय सीते मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ तब तक के लिए आप अग्नि में वास कर जाइए और मैं निशाचरों का नाश करता हूँ